ये गाड़ी लॉक कौन करेगा बाबा मैं तो खुलना नहीं चुपने का बात तो। ठीक है ठीक है ये क्या सला खिड़की तो खुला ही रखिएगा क्या कुत्ता बनेगा रे इसको बोई बोई बोई बोई कोई कुछ नहीं बोलेगा कोई कुछ नहीं बोलेगा ओके okay. कुछ नहीं बोलेगा तो कुछ की जगह क्या बोलेगा भाई ये समस्या है क्या बोल देगा तू इसके साथ घूम रहे तू पागल हो जाएगा